अरे भाई क्या चाह दिखाई अरे तुम तुम्हारा देह देखने की चीज नहीं गंदा चीज देख अरे बोलो ना भाई क्या देखना अरे गंदा चीज देख